नजर वालों की दुनिया में खरीदारों की बस्ती में अगर छमाल हो अच्छा तो कीमत अच्छी लगती है जियापन अच्छा नहीं लगता जमाने को अगर हो अपनी हद में तो नजाकत अच्छी लगती है तो सुनिएगा मतलब कांच का बदन लेकर का बदन लेकर मत चला करो घर से का बदन लेकर मत चला करो घर से का बदन लेकर मुझसे मिलने की तमन्ना मेरे महबूब ना कर मुझसे मिलने की तमन्ना मेरे महबूब न कर कोई इल्जाम लगा देंगे तेरे शहर के लोग आईने की तरह नाजुक है जवानी तेरी पत्थरों की तरह लगते हैं तेरे शहर के लोग का लेकर मत चल चला कर चिका बदली मत चला करो गर से बदन कर, मत चला करो गर से सज के संवर के यूं बेपर्दा खिड़की सेना झांका करो सज के समर के यूं बे खिड़की सेना झाका करो इश्कुम पागल हुस्न के आशुक दरवाजे पर बैठे हैं लेकिन तुम शीशे की जवानी घर से बाहर मत निकलो कुछ दीवानी चौराहे पर लेकर पत्थर बैठे हैं है एक चूर, चूर यारो, किसी قاتل से कभी प्यार ना मांगो सिर्फ दो मिसरे हैं पकड़ना उसको क्या था मालूम है ना कि यारो किसी कतिल से कभी प्यार ना मांगो अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो नजर भाला बाहर से छाप करू से यार यारो पहले देखो अंदर से का आचिका बदलू मत चला करो वफ़ा की कीबू वफा, वफा मोहब्बत वफा की बू खुशबू मोहब्बत की खुशबू रहा देखिएगा सुनना उसको था, था जो एक, एक परदेसी वो चला गया लेकिन था जो एक परदेसी, वो चला गया गया लेकिन एक वो चला गया लेकिन आती है वफ़ा वीबू आती है वफा की बु अब भी उसके बिस्तर से कांच का बदल लि करो मत चला करो दल सी डाडा और अबू डाडा साहब और आप सभी हजरात से इस शेर पर खास चाहूंगा इसे इस शेर को मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं देखिए आज हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है ये हमारे आपस का भेदभाव नहीं है ये हमें लड़ाया जाता है और सभी हजरात जानते हैं हिंदू भी जानते मुसलमान भी जानते हैं लेकिन ये हमारे कम दबा होने की बात है कि इस बात को समझ नहीं पाते खैर अब ये जो हमारे चमन के रखवाले हैं इनके लिए ये शेर है जरा सुनिएगा आपको तो पसंद आएगा इंशाल्लाह शादी सालिमों से बदतर है ये चमन के रख हमारे बहुत गहरे दोस्त हमारे दिल्ली के रहने वाले उस महफिल में सुनने के लिए आए हुए हैं और गरीब नवाज के मनखबत की फरमाइश बार बार कर रहे हैं कितनी मोहब्बत है उन्हें इस्लामी मजहब से वलियों से इस शेर को सुनिएगा ये चमन के रखवाले बदल लेकर मत चला करो वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। के गमों से हमको मोहब्बत रही खुशी की तरह गमों से हमको मोहब्बत रही खुशी की तरह लिया है काम अंधेरों से रोशनी की तरह और जिन्हें बताए थे राहू के पेचोखम हमने गुजर गए वो बराबर से अजनबी की तरह वो, वो हमारी का दुश्मन और करें आज वो मेरे ही दुश्मन के तरफ दारों में था कल जो मेरा हमनवा था मेरे गमखारों में था अरे जीत जीतनी थी जंग जब हमने तुहारे तो किस लिए पा यकीन अपना ही कोई शख्स गद्दारों में था तो भी हम हमारी का दुश्मन है हम जिसे बचा लाए हम जिसे बचा लाए दुश्मनों के खंजर से कांच का बचा बचा पसंद इसी गजल में मेरा जो पसंदीदा शेर है वो सुना रहा हूं सुनीगा ताज और ताज सल्तनत लेकर क्या करूंगा मैं आखिर लेकर क्या करूंगा क्या दुनिया के तख को ताज जमाने का मालो जरूर सब कुछ निसार करता हूँ ख़ाजा के नाम पर दुनिया के तख्तों ताज़, मालो जर सब कुछ निसार करता हूँ खाजा के नाम पर ऐ दोस्तों में किस लिए ए दोस्तों मैं किस लिए जाऊं इधर उधर काफी है मोहे चिश्ती समरिया की एक नजर क्या करूँगा मैं आखिर मिल गया मुझे सब कुछ मिल गया मुझे सब कुछ एक फकीर के दर से कांच का बदल और मक्ते में बहुत हसीन बात है सच्चाई है देखिएगा और ये सिर्फ आश्काना सिर्फ ये सिर्फ सिर्फ नहीं नहीं कह को बोलेंगे कि इसमें इसमें, रंग है। रंग है, है वही तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी तरफ सोच ले लेको सुनिएगा हर किसी के हिस्से में ये खुशी नहीं होती हर किसी के ही से ये खुशी नहीं होती हर किसी के बुल्ले शाह शाह इनायत के मुरीद जब बुल्ले शाह तो शाह इनायत नाराज होते हैं तो बुल्ले शाह अपने पीर को मनाने के लिए क्या करते हैं बुल्ला बुल्ला पीर वल्लो, दिल विच गैरत आई अरे केला ढंग यार वालते होवे रसाई मेरा यार मेरा पीर मने तू मैं सदके नहीं तो जी जी लोड़ ना कोई अरे पावा लिबास वाला बुल्ला पैरिच झाजर पाई शाह इनायत दरते जाके बुल्ला दी एहो दुहाई हर किसी के हिस्से में ये खुशी नहीं होती, नसी मिलता है बदल लेकर मत चला करो गर।